हेलो फ्रेंड्स मैं हूं जेबी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल अब हम शुरू करते हैं अपना ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर फोर चैप्टर टू सोल्यूशन है ठीक है किस कारण बस वीडियो बीच में बंद हो गई थी ठीक है अब नहीं होंगे आपके बीच बीच में से जैसा पहले की तरह होगा ऐसा नहीं होगा ये लगातार आपको मिलती रहेंगी चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर फोर और जो हम आज लेक्चर फोर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें सोलूबिलिटी विलयिता और एक हम पढ़ेंगे इसमें हिंडी का नियम ठीक है दो ही पढ़ेंगे हिंडी के नियम जो है वो भी पढ़ लेंगे उसकी उपयोगिता भी और उसका जो एक दो सवाल है जो आ जाते हैं एग्जाम में वे भी हम पढ़ लेंगे तो पहले अब हम समझते हैं विलयता क्या होती है ठीक है तो सबसे पहले हम विलयिता को क्लियर कर लेते हैं विलयिता क्या होती है बहुत से बच्चे जानते भी होंगे यहाँ से तो सबसे पहले समझेंगे विलयता होता क्या है ठीक है ठीक है सोलबिलिटी हम यहाँ समझ लेंगे चलिए सोलिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो सोलिबिलिटी के लिए हम क्या काम करेंगे ये हमारे पास में कोई एक पात्र है ठीक है हमने क्या काम करा इसमें 100 ग्राम विलायक भर लिया है ठीक है ये क्या भर दिया इसमें हमने 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम क्या भर दिया इसमें हमने विलायक भर दिया ठीक है अब हंड्रेड ग्राम विलायक को हमें क्या करना है इसे संतृप्त करना है सेचुरेटेड करना है याद रखिएगा ठीक है संतृप्त करने के लिए हमें क्या चाहिएगा इसके लिए विलय 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलय ग्राम की मात्रा क्या कहलाती है विलयता ठीक है 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा है वही हमारी क्या कहलाएगी विलयता कहलाएगी ठीक है आप समझ गए होंगे जो मैं अभी आपको समझा रहा था ठीक है विलयता क्या होती है तो याद रखिएगा सौ ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलय पदार्थ की मात्रा को क्या बोल देते हैं हम इसमें ले तब आप बोल रहे होंगे कि संतृप्त क्या होता है ठीक है तो हम 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ घोलना शुरू इसमें करेंगे और विलय पदार्थ तब तक घोलते रहेंगे तक जब तक कि इसमें विलय पदार्थ घुलना बंद न हो जाए ठीक है जब विलय पदार्थ विलायक में घुलना बंद हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे संतृप्त अवस्था ठीक है घुलना बंद हो जाएगा फिर नहीं डालने के घुलना बंद होने के बाद में तो वह जो अवस्था होगी जब ये विलय विलय में घुलना बंद हो जाएगा वह क्या कहलाएगी हमारी संतृप्त अवस्था तो उस अवस्था तक डालते रहेंगे और वेट का करते रहेंगे तो जो मात्रा निकल के इसकी आएगी वही मात्रा हमारी क्या होगी विलयता होगी ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक बार अब हम क्या देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं समझ में आ गया होगा अच्छी बात है डेफिनेशन देखते हैं अब हम इसकी तो यहाँ डेफिनेशन हमने लिख रखी है इसमें कि 100 ग्राम विलय को संतृप्त करने के लिए विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं हम इसकी विलयता कहते हैं ठीक है इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं विलयता का मात्रा का जो होता है वो मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर हो सकता है ठीक है अब बात करेंगे हम किस ठोस की दरबों में विलयता तो अब आप समझिएगा ठोस की दरों में विलयता ये एक चीज़ पर डिपेंड करती है वो क्या होता है वो होता है ध्रव्य और दूसरा होता है एध्रवीय ठीक है एक होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है ऐ्रुवी थ्योरी में आपको तभी समझाऊंगा पहले जो मैं ये पॉइंट आपको लिख के समझा रहा हूँ ध्रुवीय और ऐर्वीय इसे आप समझेगा ऐ्रव्य अब याद रखिएगा ध्रव्य में भी क्या होंगे विलय भी होगा और साथ साथ इसमें विलायक भी होगा विलय और विलायक दोनों होंगे बात करेंगे किसकी ऐर्व्यय की तो इसमें भी दोनों होंगे विलय भी होगा और विलायक भी होगा अब जो फंडा है जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो ध्रव्यय विलय होगा वो ध्रव्यय विलयक में ही घुलेगा और जो एधुर्वीय विलय होगा वो एधुर्वीय विलयक में घुलेगा याद रखिएगा सेम होना चाहिए अगर विलय अदुर्वीय है तो विलायक भी अधुर्वीय होना चाहिए और अगर विलय ध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रव्य ही होना चाहिए ठीक है ये यह हमने यहाँ इसी प्रकार से लिखा हुआ है और इसके एग्जाम्पल भी समझाए हैं चलिए अब इसकी छ्योरी को पढ़ते हैं बड़े प्यार से इसे हम समझते भी हैं हमने यहाँ है लिखा हुआ है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ठोस किसी द्रव में घुल जाए तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई ठोस है तो वो द्रव में घुलेगा ही घुलेगा ऐसा होगा कि नहीं घुलने का जैसे कि हमने क्या काम करा शक्कर ली जब हम इसे पानी में डाल देंगे तो क्या होगा ये आसानी से घुल जाएगी शक्कर आपने देखा होगा घर में रहती है दूध में भी घुल जाती है पानी में घुल जाती है चीनी ले लीजिएगा चीनी भी घुल जाती है आसानी से जबकि जो नैफालीन है या जो एंथ्रासन होती है नैफालीन या एंथ्रासन जो होती है वो पानी में नहीं घुलती आप एक तरीके से मान लीजिएगा आपको मिट्टी का तेल दे दिया गया है आप अब आपसे कहा गया है कि साहब पानी में घोल दीजिए जब आप उसे पानी में घोल देंगे तो क्या वो पानी में घुलेगा? नहीं घुलने है पानी के ऊपर आ जाएगा ठीक है तो इसी प्रकार की कौन है नैफालीन भी है और एंथ्रासन भी है जो पानी में नहीं घुलती है पर जब हम नफ्तालीन को और एंथ्रासन को बेंजीन में घोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ये घुल जाती हैं ठीक है अब हमने उल्टा करा कि जो शक्कर थी हमारे पास में उसे हमने बेंजीन में घोलने की कोशिश करी तो बेंजीन में शक्कर नहीं घुलती है इसका कारण हम पहले ही समझ चुके हैं इसका कारण होता है कि जो ध्रुवीय विलय होगा वो घुलेगा किसमें ध्रुवीय विलायकों में और जो एध्रवीय विलय होगा वो घुलेगा किसमें अध्रुवीय विलायकों में अब बात करेंगे हम किस जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था पानी का और शक्कर का तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं ये दोनों के दोनों ध्रुवी हैं ठीक है दोनों के दोनों कैसे हैं ध्रुव्य अब हम बात करेंगे नेफ्तलीन की और एंथ्रासन की और बेंजीन की जब हम इनकी बात करेंगे नेफ्तलिन एंथ्रासन और बेंजीन की तो अगर हम यहाँ इनकी बात करें दोनों की तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं ए हैं और हम बात करेंगे बैंजिन की तो जो बेंजीन हमें यहाँ मिली हुई है ठीक है जो हमें यहाँ बेंजीन मिली हुई है वो बेंजीन भी हमारा कैसा है एधुर्व्यय है ठीक है आप यहाँ से इसे क्लियर कर लीजिएगा तो जब ऐर्व्य है तो ऐुर्वय किस में घुलेगा ऐधुर्व्य में और जो ध्रुवीय है वो किसमें घुलेगा ध्रव्य में ठीक है अब हमने यहाँ इसमें नीचे एक पॉइंट और लिखा है वो क्या है वो समझिएगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके दरव में घुलने की क्रिया को क्या कहते हैं जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में घोल देंगे तो इस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं विलीनीकरण ठीक है किसी ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में घुलने की क्रिया क्या कहलाती है विलीनीकरण ठीक है अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे जब हमारे पास में कोई विलयन है और विलयन में हम लगातार विलय पदार्थ की सांद्रता बढ़ाते जा रहे हैं सपूच कीजिएगा हमारे पास में शरबत है हमने पानी में चीनी मिला रखी है और अब हम उसमें चीनी डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं ठीक है तो कुछ समय बाद क्या होगा जो चीनी के कण होंगे ठीक है वे शरबत में उपस्थित विलय के कण के साथ में क्या होगा संघट कर लेंगे संघट का मतलब एक तरीके से मानिएगा कि जुड़ जाएंगे ठीक है बहुत सारे कणों के साथ में या बहुत सारे कण आपस में जुड़ जाएंगे और विलयन से कैसे हो जाएंगे अलग इस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं क्रिस्टलीकरण ठीक है करन, इस क्रिया को हम क्या बोल देंगे क्रिस्टिकलर क्रिस्टलीकरण बोल देंगे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं आपने शरबत लिया और आपने उसे गर्म करना शुरू कर दिया तो जब आप उसे गर्म करते चले जाएंगे गर्म करते चले जाएंगे तो उसकी सांद्रता लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी जब सांद्रता उसकी लगातार बढ़ती चली जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप उसे बाद में छोड़ देंगे ठंडा करेंगे तो उसमें से कुछ लिक्विड अलग हो जाएगा और लिक्विड के साथ साथ में ही जो कुछ मतलब क्रिस्टलीय पदार्थ होंगे वे उसके नीचे बैठ जाएंगे अलग से ठीक है तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ पहले वाले एग्जाम्पल से या फिर दूसरे वाले से जैसे मैंने आपको इसमें भी अभी समझाया है हमारे पास में कोई विलियन है हम उसमें लगातार विलय बोलते जा रहे हैं तो विलय के कण क्या होंगे विलियन में उपस्थित पहले से ही जो विलय के कण उपस्थित हैं विलियन में ठीक है और जो हम बाहर से विलय के कण डालते हैं वे तो विलय के कण विलियन में उपस्थित विलय के कण के साथ में जुड़ जाएंगे और संघट कर लेंगे संघट का मतलब एक साथ जुड़ जाएंगे बहुत सारे कण और बाद में क्या प्राप्त होगा हमें इस क्रिया से क्रिस्टल पदार्थ और इस क्रिया को हम क्या बोल देंगे क्रिस्टलीकरण किसी विलयन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है विलय और विलायक के द्वारा ठीक है अब हमने यहाँ लिखवा भी है कि किसी विलयन का निर्माण विलय तथा विलयक के कणों के मिलने से होता है आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा जैसे मैं आपको समझा रहा था ठीक है कि जो विलियन जो विलयन का निर्माण होता है वो विलय प्लस विलायक से ही होता है चलिए देखिए हमने इसका फॉर्मूला भी आगे लिख रखा है देखिएगा हमने यहाँ लिख दिया है इसमें कि विलय प्लस विलायक बराबर विलियन ठीक है ये हमने शुरू में ही इसमें लिख दिया है अब हम बात करेंगे संतृप्त विलयन की कि संतृप्त विलयन क्या होता है ये आ गया हमारा यहाँ संतृप्त विलयन, ठीक है और इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे असंतृप्त विलयन की भी बात करेंगे ठीक है फिर हम इसमें असंतृप्त विलयन की बात भी करेंगे तो संतृप्त विलियन वह विलियन होता है जिसमें हम विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं खोल सकते सब कीजिए हमने कटोरे में या गिलास में पानी ले लिया पानी में हमने चीनी डालनी शुरू कर दी हम चीनी डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं कंडीशन ऐसी आई कि चीनी पानी में घुलना बंद हो गई और चीनी के जो कण थे वे ऊपर ही उसमें टहन लगे ठीक है तो चीनी के कण को हटाने के बाद में जो आपको चीनी और पानी के साथ में मिलाने से जो मिक्सर आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका मिक्सर कैसा है संतृप्त विलयन है ठीक है तो ये वह विलियन होता है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है अब बात करेंगे किसकी ए की तो एन संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है ठीक है बात करेंगे ताप के प्रभाव की तो जो ताप व दाब का प्रभाव है तो ताप का तो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा अभिक्रिया के वेग पर मगर अभिक्रिया में जो उपस्थित अभिकारक पदार्थ हैं अभिकारक पदार्थ वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ठीक है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तो को ही हम क्या बोल देते हैं अभिकारक बोल देते हैं जैसे हम बोध देवसे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं किसका शरबत तो शरबत में हमने किन दो चीज़ों को यूज़ किया था एक पानी को और दूसरा चीनी को या शक्कर को तो चीनी और जो शक्कर या पानी है वे हमारे क्या हैं वे हमारे अभिकारक हैं और जो उत्पाद है वो हमारा क्या है शरबत तो है तो अब हम बात करेंगे ताप और दाब के प्रभाव की तो जो दाब का प्रभाव होता है ठीक है अगर हम यहाँ बात करेंगे दाब की तो दाब का प्रभाव ठोस की विलयता को प्रभावित नहीं करता है जो दाब है वो ठोस की विलयता को प्रभावित नहीं करता है इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है ठीक है और अब हम बात करेंगे किसकी यदि अभिक्रिया कैसी होगी उसमा छेपी तो अब हम बात करेंगे ताप की ठीक है अगर उसमा जो अभिक्रिया हो कैसी उसमा छेपी है अर्थात अभिक्रिया से लगातार ऊष्मा निकल रही है इस अवस्था में अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो पश्च दिशा में को परिवर्तित हो जाएगा पीछे को हट जाएगा आगे को बढ़ने की बजाय ठीक है तो अब आप यहाँ याद रखिएगा अर्थात अभिक्रिया के वेग का मान घट जाएगा और अगर अभिक्रिया कैसी हो उसमा सोसी हो देखिएगा दूसरे पॉइंट में हमने समझाया भी है उसमा सोसी है तो ताप बढ़ने से जो अभिक्रिया है उसका मान अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाएगा अर्थात विलयता का मान भी बढ़ जाएगा और अभिक्रिया कैसी होगी तेज गति से होगी अब मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ छोटा सा आपको याद अभी आ जाएगा जब हम कैल्शियम जो हमारे पास में होती है कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है जब हम इसे पानी में डाल देते हैं तो पानी के साथ में डालने पर इसमें से जो रिएक्शन होती है वो उसमा छिपी होती है उसमें निकलती है आपने देखा होगा जब हम कभी अपने घर में होते हैं अब तो शायद ना देखा होगा सब पुट्टी घिचवा देते हैं पहले के समय में क्या होता था सब कली कराते थे अब भी कुछ कली करा देते हैं जो कली का नंबर आता है कराने का तो कली को भी बाल्टी में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी भर देते हैं उसमें तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे जो पानी भरा हुआ होगा उसमें वो एक तो झंझुनाट की सी उसमें आ जाएगी सह सह की करके और दूसरी बात ये है पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो पानी उबलना शुरू हो गया है उसमें से लगातार हीट निकल रही है इसका मतलब क्या है अभिक्रिया कैसी है उसकी वो ऊष्मा छेपी है इस प्रकार की ऊष्मा को हम क्या बोल अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे ऊष्मा छेपी उससे लगातार ऊष्मा निकल रही है अब मैं आपको एक फिजिकल चेंज बताता हूं जिससे आप ऊषमा सूसी को समझ सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात का समय आता है और बरसात पड़ने को है तो जो टेम्परेचर होता है नीचे का वो एकदम से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है गर्मी लगने लगती है उसके बाद में बरसात होती है कभी कभी ओले पड़ जाते हैं तो जैसे ही ओले पढ़ते हैं तो ओले पढ़ने के बाद में तुरंत ही ठंड लगने ठंड लग, लगनी शुरू हो जाती है उसी रात से या अगले दिन से इसका कारण क्या होता है जब ओला गलता है तो ओले को गलने के लिए उषमा क्या आवश्यकता हो होती है अर्थात अभी क्रिया कैसी होती है उषमा सोसी वह क्या काम करता है आसपास की जितनी भी उष्मा होती है उसे सोख लेता है ठीक है और टेम्परेचर को घटा देता है चलिए अभी इसके दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसमें गैस की दरों में विलयिता तो जो गैस की दरों में विलयिता होती है ये गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है अर्थात गैस जितना दाब लगा देगी विलायक या विलयन की सतह पर उतनी ही अधिक मात्रा में घुल जाएगी बात आपको समझ में आ गई होगी गैस की जो घुलनशीलता होती है किसी विलायक या विलयन में वह गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है अर्थात गैस जितना अधिक दाब लगाएगी उतनी ही अधिक मात्रा में वह घुल जाएगी ठीक है अब हमने यहाँ लिखा हुआ भी है क्या कि आंशिक दाब अधिक होने पर गैस की दर्व में विलयता का मान बढ़ जाता है ठीक है मान क्या होगा बढ़ जाएगा अब बात करेंगे दोबारा से यहां लिखा हुआ है इसमें ताप का प्रभाव अब यहां जो ये हमने समझाए हुए थे ताप व दाब का प्रभाव ये हमने समझाया था ठोस पर ठीक है और अब जो हम यहां समझा रहे हैं ताप व दाब का प्रभाव यह हम समझा रहे हैं गैस पर तो याद रखिएगा ताप व दाब का प्रभाव गैस पर पड़ता है गैस पर दाब और ताप दोनों प्रभावित करते हैं अभी के विवेक को ठीक है तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि, कि किसी गैस की द्रव में ताप व दाब दोनों पर निर्भर करती है ताप का मान जितना कम होगा व दाब का मान जितना अधिक होगा गैस की द्रव में विलयता उतनी ही अधिक होगी चलिए पढ़ते हैं हैं का नियम अब हम शुरू करते हैं हेनरी का नियम इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और अगर आपसे कोई चैप्टर पढ़ाता है तो कभी कभी टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा दे देते हैं इसे हिंडी के नियम को तो हिंडी का नियम क्या था हिंडी ने यही समझाया था कि जब कोई गैस किसी विलायक या विलयन में घुलेगी तो उसकी विलयता किसके समानुपाती होगी ठीक है तो वह होती है गैस द्वारा विलियन या विलायक की सतह पर लगने वाले दाव के यही क्या है हिंडी का नियम ठीक है कि किसी विलियन या विलायक में गैस की विलयता गैस द्वारा विलियन या विलायक की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाति होती है विलियन तो या विल्यान विलायक की सतह पर दाब कौन लगाएगी गैस ठीक है तो विलियन या विलायक की सतह पर गैस द्वारा लगने वाले आंशिक दाव के समानुपाति होती है कब दिया था हेनरी ने अपना नियम हेनरी ने अपना नियम दिया था अट्ठारह सौ में इनका जो पूरा नाम था वो क्या था विलियन हिंदी था इन्होंने गैसों की गैसों के अनुभूखी संख्या और दाव को समझाने के लिए एक नियम प्रतिबादित किया था ये इसकी थ्योरी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और इन्होंने ताप कैसे कर दिया था इस थे ठीक है और इन्होंने समझाया था कि किसी गैस की दर्व में विलयता दर्व या विलयन की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती हैं और एक फॉर्मूला भी बनाया था इन्होंने कि हाँ फॉर्मूला बना के दिखाया था इन्होंने एम प्रपोजनल टू पी ठीक है तो इन्होंने जो फॉर्मूला बना के दिखा दिया था वो हमें क्या बना के दिखा दिया था एम प्रपोजनल टू पी वाला ये ठीक है और प्रोपोर्शनल की चिन्ह को यहाँ से हटा दिया था समानुपात के चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लगाया था और साथ में क्या जोड़ दिया था कांस्टेंट के बराबर क्या है यहाँ कांस्टेंट है ठीक है अब जो हिंदी का नियम लागू होता था उसके लिए कुछ शर्त भी थी तो वे शर्त क्या थी इनकी कि दाब बहुत अधिक न होना चाहिए न हो ताप बहुत कम न हो और गैस बहुत अधिक विलय न हो ठीक है अगर अधिक मात्रा में गैस विलय होगी तो भी क्या थी प्रॉब्लम थी तो गैस भी बहुत अधिक मात्रा में विलय होनी नहीं चाहिए थी बात हम करेंगे अब किसकी हैंड्री के समकालीन वैज्ञानिक की जिनका नाम क्या था डाल्टन था तो डाल्टन ने भी हैंड्री के नियम की ही पुष्टि की थी और इन्होंने भी इनका एक अलग आधुनिक रूप दिया था इन्होंने ये बताया था कि जो गैस की विलयता होती है वो गैस के आंशिक दाव के समानुपाती तो होती ही होती है मगर गैस का जो मोल अंश होता है ठीक है किसी विलयन में उपस्थित गैस का मोल अंश ठीक है जो विलियन में गैस घुल गई है उसका मोलन ठीक है गैस द्वारा की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है और इन्होंने भी एक अपना फॉर्मूला दिया था P इक्वल टू के एच एक्स जहाँ पी क्या है गैस द्वारा लगने वाला आंशिक दाब है K क्या है हिंडी नियतांक है और X क्या है यहां जो गैस है हमारे पास में उसका मोलन से चलिए अब इससे आगे चलते हैं अब पढ़ते हैं हिंडी के नियम की उपयोगिताए हिंदी के नियम की उपयोगिताएं क्या थी हिंदी ने अपना जो पहला नियम था वो हिंदी ने समझाया था कि जब समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है ठीक है उनके लिए किस तरीके से हिंदी का नियम यूज़ हो सकता है चलिए अब आप इसे समझिएगा जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो गोताखोर समुद्र में कोई एक या दो फुट तक ही नीचे नहीं जाते हैं वे लगभग सौ डेढ़ फुट तक भी नीचे चले उसमें जाते हैं तो हिंदी का नियम क्या था हिंदी का नियम ये था कि जब गैस द्वारा विलायक या विलियन की सतह पर आंशिक दाब बढ़ेगा तो गैस की विलयता भी विलायक या विलयन में बढ़ेगी नियम आपने पहले ही पढ़ लिया है तो अब आप इसे ध्यान से देखिएगा जब विलयता बढ़ेगी तो जब गोताखोर समुद्र की सतह से नीचे जाने शुरू कर देते हैं धीरे धीरे तो इस कंडीशन में क्या होता है जो आंशिक दाब होता है गैस द्वारा वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो सिलेंडर उनके द्वारा ले जाया जाता है गोताखोरों के द्वारा उसमें जो गैस होती है वह धीरे धीरे उनके सांस के द्वारा ही जाती रहती है तो रक्त में क्या होता है जो गैस होती है उनकी विलयता बढ़ जाती है क्यों भाई फेफड़े क्या करते हैं गैस को सोख लेते हैं किसे सोखते हैं ऑक्सीजन को क्यों सोखते हैं ऑक्सीजन को क्योंकि ऑक्सीजन का आंशिक दाव अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होता है जो वायुमंडल में उपस्थित हैं इस वजह से फेफड़े ऑक्सीजन को सौंख लेते हैं फेफड़ों में कोई दिमाग नहीं होता है कि फेफड़े ऑक्सीजन जाएगी तो फिर पहचान लगे हाँ भाई ये ऑक्सीजन इसे सौख लेते हैं नहीं इसके जो वेट है इसका जो अधिक भार है इसके कारण ये ऑक्सीजन को सोख लेते हैं अन्य गैस को नहीं सोख पाते हैं उनका जो भार होता है वह इससे कम होता है मगर जब नीचे धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं तो जो अन्य गैस है उनका भी आंशिक दाब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है जब गैस का दाब बढ़ना शुरू होगा तो फेफड़े ऑक्सीजन के साथ साथ जो अन्य गैस है उन्हें भी सोख लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन चलिए सौख लेंगे कोई बात नहीं उन्हें हल्का सा सिर में दर्द दिया और घबराहट सी थोड़ा होना शुरू हो जाएंगी मगर जैसे जैसे वे समुद्र की सतह की ओर आना शुरू करते हैं ऊपर की ओर आना शुरू करते हैं तली से समुद्र की तो क्या होता है जो आंशिक दाब है वो धीरे धीरे कैसे होना शुरू हो जाता है कम मगर गैस इतनी तेजी से रक्त से बाहर नहीं निकलती है जिस कारण रक्त में गैसों के क्या बनने शुरू हो जाते हैं बुलबुलें जब बुलबुलें बनने शुरू हो जाएंगे और रक्त काहे में बहता है नसों में बहता है नलिकाओं में बहता है और जब नलिकाओं में रक्त के बुलबुलें बनेंगे तो रक्त में क्या उत्पन्न हो जाएगा और जो रक्त की गति है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा जिस कारण इन्हें एक भयंकर बहुत ही दर्द होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं बैंडस इस रोग को हम क्या बोल देते हैं बैंड्स इससे बचने के लिए हैंडरी ने सब ये सुझाया था कि जब गोताखोर समुद्र में नीचे तली की ओर जाएं तो वे क्या काम करें अपने सिलें जो उनका सिलेंडर है गैसी सिलेंडर उसमें इस गैसी मिश्रण का प्रयोग करें ग्यारह हीलियम लें छप्पन नाइट्रोजन लें और बत्तीस क्या लें इसमें ऑक्सीजन तो ये जो हीलियम उपस्थित है एच ई ये क्या काम करेगी रक्त को तनु बनाए रखेगी अगर रक्त तनु होगा रक्त भारी होगा पतला होगा गाढ़ा नहीं होगा तो बुलबुले बनने के बाद भी वह बह सकता है ठीक है इधर उधर को करके बह सकता है दबाव लगने के साथ ही जिससे दर्द तो होगा मगर कैसा होगा कम होगा मृत्यु नहीं होगी जान नहीं जाएगी ठीक है गोलताखोर की जान नहीं जाएगी वह बच जाएगा चलिए बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की तो जो दूसरा पॉइंट है वह है शीतल पेय में ठीक है तो शीतल पे की बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है CO2 टू शीतल पेह जो हमारे पास में होते हैं अगर शीतल पे की आपको इंग्लिश में बताऊँगा तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा शीतल पे को इंग्लिश में बोल देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से समझ में आ गया होगा कोल्ड ड्रिंक्स सब पीते हैं गर्मियों के मौसम में तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो होता है जिसके कारण हमें उसका जो स्वाद होता है थोड़ा सा तीखा सा लगता है वो होता है सीओ जब सीओ को वोटर में घोलते हैं तो वोटर में घोलने के बाद में एक एसिड बन जाता है वो एसिड होता है एच टू ये होता है कार्बोनिक अम्ल ठीक है कार्बोनिक अम्ल याद रखिएगा ये क्या है ये एक कार्बोनिक अम्ल है ये एक अम्ल है ये हाई डेंसिटी का नहीं होता है हाई क्वालिटी का नहीं होता है इसकी जो अम्लता होती है वो कैसी होती है लो होती है ये लो क्वालिटी का एसिड होता है इसे पी सकते हैं ठीक है अब आप कहेंगे बहुत से कहने लगते हैं कि जो कोल्ल्ड ड्रिंक होती हैं एसिड होती हैं इन्हें मत पिए तो मैं अब आपको एक और छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ जब आप दूध पीते हैं तो जो दूध का जो नेचर होता है वो कैसा होता है अम्लीय होता है दूध भी कैसा होता है अम्लीय होता है बस नेचुरल मान लीजिएगा और अगर किसी कारणवश आप जैसे दही है या इस टाइप की जो और चीज़ पीते हैं वे कैसे होते हैं छारिये होते हैं चाय पिएंगे, चाय भी छारिया होगी तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप जीवन में जितने भी पेय पदार्थों का यूज़ करते हैं उनमें से आप केवल एक जल को तो छोड़ दीजिए जल का पी मान कितना होता है कैसा होता है लगभग कोई सात के करीब ही होगा सेवन पॉइंट जीरो उदासीन होगा बाकी सब जितने भी आप पदार्थ पीते हैं खाते हैं उनमें से कुछ अम्ले होते हैं और कुछ क्षारे होते हैं मगर उनकी जो प्रबलता होती है जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है कम होती है वे कमज़ोर होते हैं जैसे कि ये है कार्बनिक अम्ल ठीक है इस कारण से कोई अधिक प्रभाव आपको नहीं पहुँचा पाते नुकसान नहीं पहुँचा पाते अगर ये कोई प्रबल अम्ल होता तो ये आपकी जान भी ले सकता था ठीक है तो इसका उपयोग किया जाता है किसमें हैंडी के नियम का शीतल पेय पदार्थों को बनाने में अब हमें वोटर में CO2 गैस खोलनी है तो वोटर में CO2 गैस गैस को हम कैसे खोलेंगे सब कुछ कीजिएगा हम गैस को आराम आराम से धीरे धीरे घोल रहे हैं तो दाब कैसा लगेगा कम लगेगा इस स्थिति में गैस कैसे घुलेगी कम घुलेगी तो हम क्या काम करते हैं आपने देखा होगा जब हम चिकंजी बनाते हैं चोटा बनाते हैं तो वे एकदम से ऐसे लेंगे उसे तुरंत ही वह जोर से उसे प्रेस कर देते हैं हत्ती को क्यों कर देते हैं भाई ताकि सी गैस जो अंदर उसमें जानी है वो एक दाब के साथ मिल जाए अधिक दाब लगे जितना अधिक दाब लगेगा गैस उतनी ही अधिक मात्रा में उसमें घुल जाएगी और क्या बन जाता है कोल्डिंग बन जाता है सिकंजी बन जाती है पेय पदार्थ बन जाता है बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की तो थर्ड पॉइंट जो है वो किसके कारण है वो है फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब अधिक होता है अतः फेफड़ों द्वारा आंशिक गैस को सोख लिया जाता है जिसे शारीरिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ पॉइंट की भी जो है नोट्स में लिखा हुआ नहीं है जो पर्वतारोही होते हैं जब वे पर्वत पर अधिक ऊँचाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो उन्हें थकान चक्कर आना इस टाइप की समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं उसका कारण यह होता है कि जब वे पृथ्वी के तल से भूमि के तल से ऊपर उठना शुरू करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है जो आंशिक दाब है ऑक्सीजन का वो कम होता है आंशिक दाब कम होने के कारण जब फेफड़े ऑक्सीजन को सूखते हैं तो उसे कम मात्रा में सोख पाते हैं कम मात्रा में सोख पाने के कारण उनमें हो जाती है ऑक्सीजन की कमी इस रोग को बोल देते हैं एनोक्सिया और इसी रोग के कारण उनके चक्कर भी आते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है ठीक है और मानसिक विकार भी उनमें उत्पन्न हो जाते हैं सोच रहे होंगे कि जो पहाड़ों पर रहते हैं तो उनमें तो मानसिक विकार उत्पन्न होंगे ऐसा नहीं है जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके फेफड़े अमूमन समुद्री तल के आस रहने वाले या जो ये हमारे पास में जिसे हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं इस प्रकार में रहने वाले लोगों के फेफड़ों से कैसे होते हैं बड़े होते हैं अधिक होते हैं चलिए बात करेंगे हिंदी के नियम के सवालों की तो यहाँ हमें एक सवाल मिला हुआ है हिंदी के नियम का इस सवाल को अब हम यहाँ करना शुरू करेंगे <coughs> चलिए यह है हमारे पास में सवाल हमें एक सवाल मिला हुआ है यहाँ इसमें लिखा हुआ है सवाल में कि यदि N2 गैस को दो सौ तिरानवे के पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो एक लीटर जल में कितने मिलीमोल एन गैस विलय होगी अब हमसे विलय की मात्रा इसमें पूछ रखी है एन टू गैस विलय होगी और यहाँ हमें एन टू का आंसर किताब दे रखा है जीरो दशमलव नौ आठ सात बार और एन टू के लिए किसका मान दे रखा है हमें के एच का मान भी यहाँ हमें सवाल में दिया हुआ है चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल तो हमने हिंदी का नियम लगाया हिंदी का नियम क्या होता है हिंदी का नियम ये कहता है कि P इक्वल टू होता है के के ये हमने पढ़ रखा है पी इक्वल टू होता है किसके हैं के है? के ये हमने पहले पढ़ लिया था पी इक्वल मगर हमें वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की चाहिए एक्स को यहीं छोड़ देंगे के H को इधर लेके जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स इक्वल टू पी अपॉन के ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा तो हमने फॉर्मूला बनाया इसमें वैल्यू रखी गुना बहाक करा तो ये हमारे पास में एक वैल्यू निकल का आगी वन पॉइंट टू की पावर फाइव ठीक है ये हमारा क्या निकल का आया है एक्स एन अर्थात एन का मोल अंश ठीक है चलिए अब एक मिनट के लिए हम सवाल अभी से दूसरे तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ हमें कितना दिया हुआ है एक लीटर जल दिया हुआ है जब हमें एक लीटर जल दिया हुआ है तो एक लीटर जल में जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी पचपन दशमलव पाँच पाँच होगी ठीक है अब हमने मान लिया कि एन के जो मोल गुले हुए हैं वे कितने हैं एन वन है और जो जल के मोल हैं वे कितने हैं एन टू तब जो मोलन्स होता है एक्स वो किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है एन वन एन वन प्लस एन टू के क्यों क्योंकि हम मोलंस किसका निकाल रहे हैं हम मोलन्स निकाल रहे हैं किसका एन टू का तो इसी के मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे तो हमने फॉर्मूला बना लिया एन इक्वल टू एन वन अपोन एन वन प्लस एन टू इक्वल टू एन वन अपोन एन वन प्लस एन टू अब हम यहाँ क्या काम करेंगे कि एन वन को इक्वल रख देंगे लगभग किसके एन के क्यों क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके मोलों की संख्या बहुत ही कम होगी ठीक है विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में तो हम यह बना देंगे हमारे पास में एक वैल्यू है निकल कर जाएगी 1.29 पॉइंट टू की पावर माइनस फाइव क्योंकि n2 के सपेक्ष से एन का मान बहुत ही कम है अतः हमने यहाँ लिखा हुआ अभी इसमें कि एन वन प्लस एन टू इक्वल अब हम यहाँ n1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो n1 की वैल्यू के लिए हमें x का मान पता होना चाहिए था एक्स का मान हमने पहले ही निकाल है क्या वन पॉइंट की पावर माइनस और यहाँ आप ध्यान से देखिएगा एक्स की वैल्यू यहाँ हमें n2 की वैल्यू पहले से ही पता है फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ठीक है n1 की वैल्यू निकालने के बाद में हमने यही फॉर्मूला लगाया है तो इस फॉर्मूले को लगाने से हमने क्या काम करा n को यहीं छोड़ दिया n2 को इधर ले गए इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता थी तो हमने इसमें गुना भाग करी और शुरू में क्या निकाल दिया इसमें मोलों की संख्या तो मौलों की संख्या कितनी आई है इसमें सात दशमलव की पावर माइनस मोल अब हमें क्या निकालना है ये मिली निकालना है तो हम क्या काम करेंगे इसे एक से और गुना कर देंगे तो ये क्या आई में चेंज हो जाएगा मिली मोल में तो आंसर आ जाएगा 0.716 ठीक है इस टाइप से हमारा आंसर इसमें आ जाएगा चलिए बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दो की तो जो क्वेश्चन नंबर दो है इसमें हमें एक मिला हुआ है सवाल इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास में कोई गैस है कैसे गैस है सवाल को ध्यान से समझिएगा अगर आप सवाल को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आप सवाल का आंसर भी नहीं दे पाएंगे याद रखिएगा सवाल समझना बहुत ही जरूरी है तो पढ़िएगा इसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विशेष गैस गैस का नाम हमें यहाँ दिया हुआ है H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S गैस की STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेंडी स्तरांग की गणना खींचे ये हमसे सवाल पूछा हुआ है STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मानक ताप और दाप पर तो सबसे पहले तो हम इसी ठा लेंगे ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है 0.195 पॉइंट एम इसका मतलब क्या होता है मोलरता है और मोलरता की डेफिनेशन आपने पिछली वाली वीडियो से पढ़ ली होगी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा पिछली वीडियो में मोलरता की डेफिनेशन क्या है तो मैंने आपको बताई थी एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या तो अगर मैं यहाँ कुल विलियन कितना मान लूँगा एक लीटर मान लूँगा तो क्या निकल के आ जाएगी विलय के मोलों की संख्या और जब मैं कुल विलियन एक लीटर मान लूँगा तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी निकल के जाएगी? ये निकल का जाएगी, तो के आ जाएगी पचपन तो इससे मैं क्या निकाल लूँगा मैं निकाल लूँगा यहाँ एक्स किस बराबर किसके आ जाएगा H2S टू सॉरी किसके बराबर आ जाएगा n1 वन n1 एन वन के वैल्यू रख दूँगा किसकी n1 की और n1 वन प्लस की भी वैल्यू रख दूँगा तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू निकल के आ गई किसकी एक्स की अब लगाना है मुझे क्या हिन्दी का नियम हिंडी का नियम इक्वल होता है किसके के इक्वल टू हो जाएगा पी अपोन एक्स के अब एक्स की वैल्यू भी मैंने यहाँ से निकाल ली है और ये जो पी की वैल्यू है ये वैल्यू सवाल में दी हुई नहीं है मैंने अपने पास से रखी है ये दोनों के दोनों सवाल बुक्स में एक ही जगह लिखे हुए थे तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू इतनी ही होगी पी इक्वल टू कितना ज़ीरो पॉइंट नाइन एट सेवन बार ठीक है इस टाइप से तो के एच की वैल्यू भी निकल कर कितनी आ जाएगी टू बार ये सवाल भी हमारा यहाँ हो जाएगा ठीक है सवाल आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ आया होगा एक बार दो बार समझिएगा सवाल में केवल हमें मोलरता दी हुई थी तो मोलरता की डेफिनेशन से हमने एक बार डेफिनेशन दोहराई मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है मोलरता की एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या तो हमने कुल विलयन कितना मान लिया एक लीटर तो ये जो हमारे पास में मोलरता निकल के आई है क्या ये क्या हो जाएगी ये हो जाएगी विलय के मूलों की संख्या जब हमने एक लीटर विलियन मान लिया है तो एक लीटर विलियन बराबर एक लीटर विलायक अब एक लीटर विलायक में विलय के मोल विलायक की मूलों की संख्या कितनी होती है पचपन दशमलव पाँच पाँच क्यों क्योंकि ये जल में घुली हुई गैस है ये लिख रहा यदि एस गैस के जल के जल में एस पर विलयता इतनी हो तो हैंडी इस तरह की घटना कीजिए अब याद रखिएगा जल में घुली हुई है तो एक लीटर जल होगा और जल की जो मौल्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है पचपन तो एन का मान आपके पास में ये निकल के आ जाएगा जो शुरू में लिखा हुआ था और एन का मान ये निकल के आ जाएगा ठीक है दिमाग से ही हमारे और हम यहाँ से काये का मान निकाल लेंगे एक्स का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से एक्स का मान निकालने के बाद में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे हिंदी के नियम का फॉर्मूला लगाएंगे हिंदी के नियम का फॉर्मूला क्या होता है के एच इक्वल टू पी अपॉन एक्स और पी की वैल्यू रख देंगे जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन और एक्स की वैल्यू रख देंगे जो भी अभी हमने यहाँ निकाली है जीरो डिवाइड करेंगे टू बार हमारा इसका आंसर आ जाएगा चलिए देखते हैं इसके सवाल नंबर तीन की यहाँ दो तो लिखा हुआ है मगर ये क्या है सवाल नंबर तीन दो नहीं है ठीक है ये क्या है हमारा सवाल नंबर तीन अब हमें सवाल में मिला हुआ है दो सौ अट्ठानवे जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर तीन को दो सौ अट्ठानवे पर CO2 गैस की जल में विलेता के लिए हैंनरी स्तरंग का मान दिया हुआ है सवाल में 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन पावर एट पास कर और अब हमने यहां से लिखा हुआ है इसमें 500 सौ सोडा जल में दो दशमलव पाँच ए दाब पर बंद किया जाता है अब ये तो हमें हैं स्तरांग का मान दिया हुआ है कैच की वैल्यू हमें दी हुई है हमें यहाँ विलायक का आयतन भी विलयन का आयतन भी मिल गया है पाँच सौ सोडा जल और यहाँ हमें एक दाब भी दिया हुआ है दोबारा से इतने पर जितने दाब पर सील किया गया है ठीक है ये हमें दाब मिल गया है यहाँ से पी ये यहाँ से हमें मिला हुआ है इसमें विलयन का आयतन के पर घी हुई गैस की सीओटों की मात्रा की गणना कीजिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ रखनी होगी ये है ए में दाब और ये जो हमारा पहले वाला ये है हमारा दाब पांचकल में पी में तो ये जो पाँचकल और ए है इन्हें हमें चेंज करके किसी कंडीशन में लाना पड़ेगा चलिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं इसमें हिंदी के नियम का जो हिंदी के नियम से जो केश का मान होता है उसे देख लेते हैं क्या होता है इतना मान हमें इसमें दिया हुआ है कैच इक्वल टू 1.67 पॉइंट सिक्स की पावर 8 पास्कल जो हमें सवाल में मिला हुआ है अब हम क्या काम करेंगे इसे एटीएम में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे इसे वन पॉइंट की पावर फाइव से इसे डिवाइड कर देंगे ठीक है अगर आपको ये ए में चेंज नहीं करना था पासकल में रखना था तो फिर आपको एक दूसरा काम करना पड़ता ये जो आपको अलग से दाब मिला हुआ है 2.5 atm में आपको इसमें 1.01 पॉइंट जीरो की पावर 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ये काहे में चेंज होता है ए वाला ही पास्कल में चेंज हो जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप मान को atm में रखिएगा या पास्कल में रखिएगा आंसर आपका सही आएगा ठीक है फिर हमने दूसरा काम कर दिया यहाँ से आयतन दिया हुआ था हमें कितना पाँच सौ तो पाँच सौ किसके बराबर होता है वन बाई लीटर के तो हमने यहाँ से इसमें एक्स की वैल्यू निकाल ली तो एक्स इक्वल टू किसके होता है P अपोन के एच के पी की वैल्यू कितनी है 2.5 अभी हमने के एच की वैल्यू बना लिया है यहाँ से वन पॉइंट सिक्स की पावर 3 डिवाइड करेंगे तो X की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी 1.52 पॉइंट फाइव की पावर माइनस थ्री यहाँ हमने मान लिया है जो सी ओ टू के मोलों की संख्या थी वो कितनी है एन वन और जो जल के मोलों की संख्या वो कितनी है एन चलिएगा फॉर्मूला बनाते हैं तो सी का जो मोलंस होगा वो किसके बराबर होगा एन वन बटे के या हम इसे लिख सकते थे इक्वल टू एन वन के ठीक है अब हमने क्या काम करा इसमें अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए CO2 के मोलों की संख्या ठीक है इसमें लिखा लिखो भी है पर CO2 की जल में विलयता के लिए हेन्डी इस तरह कितना है गुली हुई गैस CO2 की मात्रा की गणना कीजिए तो हमें केवल CO2 के मात्रा की गणना करनी है N1 की हमें मोलन से बताना है ठीक है तो हमने क्या काम करा पाँच सौ जो जल था उसमें हमने इसके मोलों की संख्या निकाल ली एन के अर्थात एन की वो कितनी निकल के है सत्ताईस दशमलव सात आठ वो हमने मान रख दिया एन टू का मान नीचे रख दिया हमने तो ऊपर मान किसका रह गया एन वन का और जो सी का मोल से वो हमने पहले ही निकाल लिया है 1.52 पॉइंट फाइव की पावर माइनस थ्री तो हमने क्या काम करा एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन गया वो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या कि एन वन इक्वल टू की वैल्यू कितनी निकल का ये सत्ताईस दशमलव की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल ली थी एक्स सी की वन पॉइंट की पावर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की तो हमारे पास में निकल का आ जाएगा बयालीस दसमलो दस की पावर माइनस तीन ठीक है ये काहे में निकल का आया है हमारा ये निकल का आया है हमारा मोल में अब मात्रा की गणना काहि में करनी थी मिली मोल में गुली सीओ की मात्रा की गणना कीजिए चलिए इसे यहाँ लिखा नहीं है मिली मोल में गणना करनी थी तो हम इसमें दस की पावर तीन से गुना और कर देंगे तो ये निकल का आ जाएगा हमारे पास सॉरी ऐसा नहीं है दस की पावर तीन हमने इसमें से क्या काम करें इसके पॉइंट हटाना शुरू कर दिया तो इसका मान निकल का आ जाएगा जीरो